छोड़ दिया है मेने पीना कसम से बस साल में एक बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूँ। तुम्हें मिस कर दोस्त कर हूँ। तुम्हारी कृष्ण क्योंकि तुम ही हा अब तुम ही हा जिंदगी अब तुम तेरी बस लगी जावे पर तेरी कोई खबर ना आवे दिल मेरा हूड़ डुबा जावे बड़ा सताया जिंदगी की कोशिश करो नहीं। कभी एक छोटी सी चीज़ याद करने की कोशिश कर, तो याद नहीं कर पहले तो मुझे तुम्हारी जिंदगी सुखा कहते जाओ क्या उसके बिना लिए राज्य वापस मेरी जिंदगी में भेज देते मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद शायद मेरे घयाल में तुम कदम मुझे कहीं पद او دیکھیا بہت قسمتیں تے تُو تیرے فکر رہے میںوں گلا تیریاں توں لگدا یاداں किसी और कहूँ फिलहाल किसी कहूँ फिलभा कि तेरा हो जाऊ किसी और कहूँ फिल कि तेरा हो जाऊ रात को मर दे आज तू खोल दे सब राज राज़ I'm falling. trying to be in love not trying to be good cool. just trying to be in this jam ya you too can you feel where the wind days can you feel it too all of the window since that it's so kis se sane ye mil to kai